आए गए आपका हमारे YouTube चैनल संदीप इंडिया पर स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीए पॉइंट फाइनल का रेगुलेशन का फर्म कैसे अप्लाई करते हैं जिसे हम रिक्चे का फर्म कहते हैं इस वीडियो में आज इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि आप रिगुलेशन फार्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराजा गंग यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फाइनल का रिजल्ट जारी हुए लगभग सात आठ दिन हो गए हैं और रिजल्ट जारी होने के सेकंड दिन के बाद पंद्रह दिन तक आप रिगुलेशन का अप्लाई कर सकते हो अभी चार पाँच दिन और बचे आप चार पाँच दिन के अंदर अंदर रिश्तन फार्म अप्लाई कर सकते हो आपको रिगुलेशन का फॉर्म अपलाई करने के लिए इस पेज पर आना होगा इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर्म अपलाई करने के लिए यहाँ पर आपका शो हो रहा है स्टूडेंट पैनल फॉर रिविलेशन आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा इसमें दे का है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ऊपर दे का है अप्लाई फॉर रिवुलशन फॉर्म आप इस पर क्लिक करेंगे अगर आपको रेट ऑर्टिंग फॉर्म बनाए तो आप दोनों में चूज़ करेंगे इस पर फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इसमें दे रखा है सेलेक्ट यू जी तो आप इसमें यू चूज़ करेंगे क्योंकि हमें बी पार्ट फाइनल का रिजलेशन फॉर्म अप्लाई करना है तो दोनों में दे रखा है क्लास टाइप तो आप आर्ट्स चूज़ करेंगे फिर है सेलेक्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम तो इसमें बी पार्ट फाइनल ए के ऑप्शन है तो फिर तो करने के बाद आप अप्लाई फॉर रिवलेसन पर, पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नए पेज ओपन होगा इसमें देर का है रोल नंबर आप जिसका भी रेवेलेशन पर अप्लाई करना चाहते हो उसका रोल नंबर यहां पर टाइप करना है रोल नंबर डालने के बाद आपको प्रोसिट पर क्लिक करना है प्रोशीट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नए पेज ओपन होगा यहाँ पर देखकर कंडेट की पूरी डिटेल आई जाएगी उसका रोल नंबर हो गया नाम हो गया फादर मदर नेम कॉलेज का नेम और रिजल्ट टाइप भी आ गया है फिर आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है यहाँ बता रहेगा अप्लाई फॉर रिविलेशन सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट का नाम पेपर मार्क यहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट का लिए आप रिविलेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर टिक कर लीजिए आप मैक्सिमम पचास परसेंट तक रिविलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एक सब्जेक्ट की फ़ीस तीन सौ रुपये है सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से आपके सामने ये पेज ऑप उप, ओपन हो गया इसके अंदर आप एड्रेस डालेंगे मोबाइल नंबर डालेंगे इंटर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अमाउंट भी का रखा तीन सौ रुपये हमने दो सब्जेक्ट चूज किए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप अपना सब्जेक्ट भी देख सकते हो अगर आपको अभी भी सब्जेक्ट को चेंज करना है तो आप बैक करके सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पर कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है फॉरम नंबर दे रखा है या फिर आप फॉरम नंबर को कॉपी कर लेना है नोट कर लेना है फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है अभी आपको पेमेंट करना है फिर डिटेल दे रखे छः यहाँ पर आपके सामने नोट में विद्यालय का हस्ताक्षर इसको आप पूरा पढ़ लेना है इसका पुनः मिलेगा आवेदन पत्र को आपको पच्चीस दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी होने के पच्चीस दिन के अंदर अंदर, अंदर, अंदर, अंदर अंदर या तो आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है महाराजा गणेश को अगर फिर आप स्पीड पोस्ट नहीं करवाना चाहते तो व्यक्तिगत रूप से आप विश्वविद्यालय काउंटर पर जमा भी करवा सकते हो पेमेंट करने के लिए आप मेक पेमेंट पर क्लिक करना है आपको फिर आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर आपके सामने कैंडिडेट की फिर से ट्रांजेक्शन आ गई है पे टू महाराजा को रेवेशन अमाउंट तो तीन हज़ार पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड पर क्लिक करना है फिर आपके सामने नए पेज ओपन हो गया इसके अंदर पेमेंट अमाउंट दे का है रुपये अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो तीन सौ रुपयेगा अगर तो आपका तीन सब्जेक्ट है तो आपका नौ रुपये होगा पर सब्जेक्ट तीन रुपये चार्ज है फिर आपको इंजीन स्क्रोल करना है यहाँ पर आप पेमेंट मैथड चूज़ कर सकते हो मुझे यू पी चूज कर पेमेंट करना है तो मैं यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ यू को सेलेक्ट करने के बाद आपको मैं पेमेंट पर क्लिक करना है फिर पेमेंट मेथड तीन आ गए यहाँ पर आप अपनी यू पी टाइप करेंगे जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो आपकी यू पी डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है फिर आपके सामने टाइम आ गया है तीन मिनट सैंतीस से सेकंड के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है आपने जो भी मेथड चूज़ किया है उसे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल डन हो गया आपके सामने ऐसा हो रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस किसके अंदर आपका सक्सेसफुल डन वीडियो चल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए